सारे हैं, सारे यहां पर बोर्ड ही मिलेंगे बाकी यार आप गेम खेले देखो ना अभी इसमें कुछ बोलने नहीं आ रहा आगे मैं साउंड लगा दूँगा कोई बात नहीं बाकी आप चैनल पहले तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो